किसानों और ग्रामीणों के लिए सिंगरौली के ग्रामीण इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तैयार किया गया है जिसका उद्घाटन भाजपा विधायक रामलल्लू लल्लू ने किया स्वास्थ्य केंद्र बनने से बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा चारगोड़ा में सिंगरौली विधायक रामलल्लू लल्लू ने करीब एक करोड़ पिचासी लाख से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राम सोमरेन गुप्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी सी जैन के साथ तमाम जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे विधायक रामलू वैश ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बन जाने से करीब पचास गांव के लोग लाभान्वित होंगे विधायक ने कहा कि लोगों को मरीजों को इलाज कराने के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर बैरन जाना पड़ता था अब ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाने से लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ आसानी से मिल सकेगी लोकार्पण किया गया है जिसकी चौरासी लाख है और ये करीब करीब सात आठ महीने से निर्माण हो रहा होगा जो पूरा हुआ इसलिए लोकार्पण किया गया है। क्षेत्र के दुरस्थ अंचल में जेरा मंडल के और हमारे मैन से 20 किलोमीटर के लागत दूरी पर आसपास के गोभा बड़ा आदि पूर्ति के गाँव को सुविधा प्राप्त होगी क्योंकि उनको बढ़ाने जाने में समय लगता था